अभी जो आप देख रहे हैं मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा हूं मेरा फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूं और ये जो आप सामने फ्लाइट देख रहे हो गो एयर का वो मेरा फ्लाइट है मैं उसी से अभी अपने घर को जाने वाला हूं तो अभी मैं आपको थोड़ा तो सा दिखा देता हूं कि रनवे पे कितना बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कलकत्ता पांच नंबर पर आते हैं पूरे भारत में तो आप देखो कि एक फ़्लाइट जाते हैं दूसरे आते हैं और मैं एकदम लास्ट कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ तो आप देख रहे हो ना कि इंडिगो का जो ये बस जा रही है और उधर से जो बस आ रही है ये सब मतलब ये बताती है कि थोड़ा सा बिजेस्ट एयरपोर्ट है आप सामने देख रहे हो फ्लाइट अभी टेक ऑफ किया है एकदम सामने कितना शानदार लुक लग रहा है ना ठीक है आ, अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आ, हमारा फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है ये आप जो सामने देख रहे हो गोवायर का जो फ्लाइट आ रही है मेरा यही फ़्लाइट है मुझे इसी से जाना है तो अब मैं अपना बैग पैक करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ आइए आगे बढ़ते हैं नाम अनाउंस किया है मैं हमेशा लेट रहता हूँ यार क्या कर रहा हूँ यहाँ बीस नंबर से हमें जाना है फोन कर रहा, फोन नहीं पकड़ रहा हूँ उधर बैठ चलो फ़ोन कर रहे थे फ़ोन नहीं पकड़ रहा था और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ आप ये देख सकते हो कि मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ गो एयर का फ्लाइट है कलकत्ता से पटना के लिए और अगर आप कभी टाइम की बात करोगे तो एक बज रहा है इंडियन टाइम तो ठीक है आगे फिर मिलते हैं फ्लाइट में दिखाते हैं क्या होता है क्या, होता है, क्या नहीं होता है मज़ा आ गया भाई घूम घूम के बैंकॉक घूम लिया कलकत्ता घूम लिया अब घर की ओर चलता हूँ फिर आगे की ट्रिप का सोचता हूँ कहाँ जाना है इस नहीं चाहते सामने फ्लाइट लगी हुई है मैं ही एक लास्ट पैसेंजर हूँ उन्होंने हल्ला कर कर के बुला रहा था धनंजय सिन्हा जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ और मैं आ गया और जो हमारी सीट है वो 29 नाइन एफ है तो 29 नाइन एफ में हमको जाके बैठना है My name is Anita, inflight manager. Good afternoon. Today I am Anita Shivangi Singh. We should all over people flight and thank you for choosing to fly with Go Air. Span is the demand ki suraksha suvidhaon ke liye. Hamare cabin crew ki or dhyan dein. Aap se nivedan hai ki suraksha suchna samapt hone tak kripya electronic upkaran ka upyog na karein. Dhanyavaad. Kursi ki peti is tarah bani jaati hai. Kasne ke liye is tarah aur peti kholne ke liye flap uthaiye aur dono siron ko alag kar dijiye. यदि कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो ये नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे नकाब तो अपनी ओर खींचे और, और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब सही तरीके से पहले पहनें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए दो द्वार विमान के पिछले भाग में चार निकास भाग में और दो द्वार आगे की ओर है बिजली का प्रभाव बंद होने पर और निष्क्रमण के दौरान पर्च लगी प्रतिदीप्तिशील पट्टियाँ आपको निकटतम द्वार तक पहुँचने में मदद करेंगी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सीट पॉकेट में रखे निर्देश पत्र को ध्यान से पढ़ें। कृपया ध्यान दीजिए अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी खिड़की के पर्दे को खुले रखे उड़ान लेते समय कैबिन की बत्तियाँ मध्यम की जाएंगी यदि आप पढ़ना चाहे तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो आप समाचार पत्र एवं अन्य वस्तुएं भीखना चाहते हैं कृपया उन्हें इकट्ठा करके तैयार और हमारे कैबिन्रो को आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है रीजन चंद्रपति Go Air is dedicated towards maintaining on-time performance and providing customers with a clean aircraft. To do so, we need to turn around our planes quickly during transit halts. We solicit your cooperation in this regard. Our cabin crew will be coming around to collect any throwaway newspapers or other items which you may wish to discard. Kindly check your seat pockets and have them ready for collection. We highly appreciate your cooperation. Thank you. दिखा दीजिए विमान के उतरने की तैयारी में आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर लौट जाए कुर्सी सीधी रखें प्रेटिंग रूम बंद कर दें और कुर्सी की पेटिंग बांध दें कृपया साफ लाए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें अपनी खिड़की के पर्दे को अवश्य खुले रखें आपसे अनुरुख है की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे की फुल साइज लैपटॉप अब सामान कक्ष में रखें हम आपको याद दिलाना चाहते हैं से पहले आप अपना काम जरूर सही की अब बंद की यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी का प्रयोग बल्कि नमस्कार पटना में आप सभी का स्वागत है वहाँ का तापमान चौथियो ऐसे यात्रा करने के लिए धन्यवाद मेरे झाज बल कम जो पटना था उतर टेम्परेचर थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस थैंक यू फॉर चूजिंग टू क्लाइमेट फोर एडियों और सज्जनों आपकी सावधानी के लिए कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने तक आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और इस समय सामान कक्ष न खोले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं की उतरने के वक्त समान कक्ष सावधानी ऐसी खोले और कृपया अपना निजी सामान जैसे की मोबाइल फोन्स और किताबें ले जाना ना भूलें। गो एयर भक्तान और टू की ओर ऐसी आप सभी को नमस्कार आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रहे और हमें आपकी सेवा करने का फिर से अवसर मिलेगा गो एयर यात्रा करने के लिए धन्यवाद आज मैं सोया नहीं भाई। सुबह से चलते चलते चलते बैंकॉक बैंकॉक से कोलकाता कोलकाता में वेट किया आध घंटा और अभी घर आया अभी घर जाऊंगा उसमें जाने में 10-15 मिनट उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ आ गया भाई अपना शहर आ गया पटना आ गया भाई तो जैसा कि आप ये देख रहे हो मैं अभी फ्लाइट से नीचे उतर रहा हूँ और मैं आपको नीचे उतरकर थोड़ा दिखाता हूँ कि पटना एयरपोर्ट कैसा है इंडिगो का वो फ्लाइट है वो अभी टेक ऑफ करने के लिए जा रही है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मैं गोएयर से आया हूँ जो कि आप सामने देख रहे हो और ये देखिए आप एक जो फ्लाइट है जो अभी टेक ऑफ कर रही है हमारे सामने तो वो जो अभी टेक ऑफ की है वो गोवा का है और जो उधर जा रही थी रंग तो वो इंडिगो का है और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा छोटा सा पटना का एयरपोर्ट है और इसको अभी बहुत जल्द ही इसे बड़ा किया जा रहा है 2023 तक आ, होप है कि बड़ा हो जाए डोमेस्टिक टर्मिनल तो आप देख रहे हो ये है हमारे पटना एयरपोर्ट आइए फिर आगे आपको दिखाते हैं और इसी टाइप से हम आए हैं जो आप सामने देख रहे हो अभी मैं अपने शहर अपनी जन्मभूमि पाटलिपुत्रा मगध पटना व्हाट यू कैन कॉल आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है आफ्टर फाइव मंथ आई रीच माई बर्थ प्लैंड आप मेरे पीछे देख रहे हो जिस जिस फ्लाइट से मैं अभी अभी आया वो फ्लाइट अभी वापस टेक ऑफ होने वाली है उसमें लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो ठीक है ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही है ज़्यादा खराब ना रहा चलिए आगे आप आग बताते हैं ये है ये, ये है डोमेस्टिक पटना एयरपोर्ट आप भी देखते हो ये पटना एयरपोर्ट है आपको एक राउंड घुमा देता हूँ अब तो मैं आ गया बाहर बाहर से लुक आपको दिखा देते बाहर का लुक कैसा है आगे। आगे। आगे। तो so, अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए और आप देख रहे हो हम लोग ट्रिपल हैं हमें नहीं पता पुलिस पकड़े रखते हैं आप क्या देख सकते हो जयप्रकाश सिंह राय